हेलो गाइस मैं हूँ फरियाद अली और आप देख रहे हैं टेक्निकल मास्टर माइंड सोल्यूशन गाइस आज हम सब सीखेंगे कि कोई भी अगर व्हाट्सएप या किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट या कहीं पर भी एस भेजना हो तो एक बार में दो लगभग अनलिमिटेड एसम भेजने के लिए अगर आपको भेजना है तो सबसे सब पहले इस अप्लिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे जिसका नाम है ऑटो क्लिकर ऑटोमेटिक ओपन हो गया जहाँ ओके का ऑप्शन आएगा ओके कर लेंगे के बाद यहां आएगा डाउनलोड डाउनलोड सर्विस पर जाकर यहां पर क्लिक करेंगे एप्लीकेशन के नाम पर फिर इसको ऑन कर देंगे ऑन करने के बाद बैग आएंगे बैग आने के बाद यहां फर्स्ट ऑप्शन पर होता है एक ही बार सेंड होगा सेकंड ऑप्शन पर होता है बार बार सेंड होता रहेगा मल्टी टारगेट मोड यहां पर क्लिक करेंगे हो गया ओपन मान लीजिए हमको किसी भी किसी बंदे के पास मैसेज भेजना है तो चलिए तो हम चलते हैं इस एप्लीकेशन के अंदर मान लीजिए हमको इस इसके अंदर अगर भेजना है मैसेज इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे मान लीजिए भेजना है हेलो क्या भेजेंगे एच एच पर सेंड कर देंगे फिर सेकंड लेंगे फिर एच ई फिर यहाँ पर थर्ड पे जाएंगे, एच ए फिर डबल एल यानी एक बार इस पर फिर दोबारा इसी पर डबल एल फिर यहाँ ओ पर क्लिक करें ओ पांच नंबर पर क्लिक करके ओ पर जाएंगे ये हो गया तो फिर प्लस पर क्लिक करेंगे यहाँ सेंड पर सेट कर देंगे उसके बाद यहाँ प्ले कर देंगे